कांग्रेस ने कहा भाजपा सरकार में कुशासन एवं भ्रष्टाचार चरम पर है इसलिए कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है सिंगरौली में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राजपाल के नाम ज्ञापन सौंपा सराय में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के कुशासन एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों के लिए हितैषी कभी नहीं हो सकती क्योंकि भाजपा के नेताओं की करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है मोदी जी को चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा होगा लेकिन रेलवे को बेचते हुए देश ने देखा है सीधी सिंगरौली सड़क जो कई वर्षों से बन रही है वो आज तक नहीं बन पाई है वक्ताओं ने कहा कि कमलनाथ ने वादा किया है कि जैसे ही हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है वैसे ही सौ रूपए में सौ यूनिट बिजली दी जाएगी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरई के आयोजन में हुआ धरना प्रदर्शन अतिथि हमारे पूर्व मंत्री वर्मा जी थे और मैं था बाकी हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग थे तैतीस पॉइंट हैं यहाँ के स्थानीय मांगे हैं उसमें कुछ मांग ऐसी भी हैं जो स्थानीय प्रशासन के अधिकार में नहीं हैं वो राज्य सरकार के अधिकार में हैं एस साहब ने कहा है कि जो हमारे अधिकार की मांगें हैं उनको हम 15 दिन के अंदर जाँच करके लाइन में ले आके उनकी पूर्ति के लिए कार्यवाही करेंगे उससे अवगत करा देंगे आपको जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है प्रदेश के उसमें है राज्यपाल जी के नाम से हैं उनको हम यहाँ से भेज देंगे और उसकी भी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी को दे देंगे मांगे जो तो तो तो हमारी हैं वो करीब 33 पॉइंट की हैं 33 बिंदु का मांग पत्र हम लोगों ने एस साहब को दिया है राज्यपाल के नाम संबोधित द्वारा एस आपके देवसर चित्र सरई उनको हम लोगों ने मांग पत्र दिया है और मांग पत्र के निराकरण के लिए उन्होंने पंद्रह दिन के समय मांगा है तमाम जितनी समस्याएं चाहे विस्थापन की समस्या हो चाहे उद्योग कंपनियों की समस्या हो चाहे सरकार के द्वारा उत्पन्न की गई समस्या हो इन तमाम समस्याओं को लेकर के हमने हम लोगों ने मांग पत्र दिया है ज्ञापन को मैंने किया। जो शिकायतें जो है। उनका कर दूंगा